ऑल एट गाइड सो आज हम बात करेंगे कि एक जज एक कोई भी एक जज मैंटेनेंस कितना ग्रांट कर सकता है किसी भी केस में तो यार देखो उसकी कोई लिमिट नहीं है जो जुडिल मेजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है ना जो ग्रांट करता है वो उसकी चॉइस है वो कितना भी डिपेंड मतलब ग्रांट कर सकता है वाइफ को अब वो डिपेंड करता है हस्बैंड के इनकम पे और उसकी असर्ट्स पे, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसकी सोशल मार्केट वैल्यू क्या है मतलब बहुत चीज़ें मैटर करती हैं तो मिनिमम तो होगा कुछ फाइव वगैरह लेकिन मैक्समम कोई लिमिट नहीं है यानी कि वाइफ को कितना भी मेनटेनेंस जैसा आप दे सकते हैं अब मालूम कभी कभी क्या होता है ना जैसे वाइफ को कुछ पसंद नहीं आता तो अपर कोर्ट में जाते हैं फिर हाई कोर्ट में जाते हैं तो जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हैं इनके पास तो इतनी डिस्क्रिप्शन होती है कुछ भी कर सकते हैं मतलब अगर, अगर अपनी पे आ जाए तो ये कितना भी मेंटेनेंस दे सकते हैं और जो अगली पार्टी ना हस्बैंड उसको मानना ही पड़ेगा सपोज हाईकोर्ट ने बोल दिया या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मतलब जो भी अपर अपर कोर्ट समझ जाओ अगर उसने बोल दिया तो भाई तो उसका इतना देना ही पड़ेगा तो देना ही पड़ेगा भाई देना ही पड़ेगा तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है हस्बैंड के पास वो अपील में जा सकते हैं रिवीजन में जा सकते हैं वगैरह वगैरह ठीक है लेकिन अब अगर एक बार जज साहब ने दे दिया ना तो दे दिया यही क्वालिटी होती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का ऑर्डर नहीं है और जज साहब अपने कोर्ट के मालिक होते हैं कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी कुछ भी कर सकते हैं हालांकि आपको हल्के में लग रही होगी बात लेकिन यह जज साहब है ठीक है छोटे से छोटा जज भी अपने कोर्ट का वो है भाई जज है वो ठीक है अभी ना हम एक वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेड ये बहुत चल रहा है ना आजकल ये यूपीएससी और ये जज जज पावरफुल होता है इसके भी ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे ओके आने वाले टाइम में लॉ स्टूडेंट्स के लिए फायदा होगा देखना जरूर ओके सो कितना भी सुना सकते हैं भाई कितना भी इवन मैं आपको बताता हूँ एक बार क्या होता है केस आया था सुप्रीम कोर्ट में अब सुप्रीम कोर्ट के पास ना यार बहुत सारी डिस्क्रिशन पावर होती है मतलब वो ना जस्टिस के लिए कहीं भी जा सकता है या किसी भी हद तक जा सकता है अब तुम तो उससे समझ लो हाँ हुआ था भाई हस्बैंड वाइफ सॉरी दो भाई थे उनका जॉइंट बिजनेस था एक भाई की डेथ हो गई तो क्या हुआ भाई वाइफ को मेटेनेस नहीं दे रहे थे या जो भी था तो वाइफ कर करके सुप्रीम कोर्ट चलेगी तो सुप्रीम कोर्ट ने देवर को बोला भाई तू इसको मेंटेनेंस देगा हर महीने अब देखो कहाँ देवर कहाँ पति तो डिपेंड करता है तो अब वो दे रहा है देना पड़ रहा है भाई पहले दे रहा कोर्ट से जान ले देना पड़ रहा है यानी कि डिस्क्रिप्शन पावर होती है बहुत सारी मतलब बहुत तगड़ी वाली कुछ भी कर सकते हैं जस्टिस अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ट्राई करता दो आर्टिकल हाँ आर्टिकल 140 फोटी वन या टू में से हाँ ये पर देख लेना यार 142 फोर्टी टू है वन फोर्टी है शायद इनमें से ही है मतलब तुम टेक्नोलॉजी में उसमें टेक्नोलॉजी में जा करो बस तुम मुद्दे को समझा करो सो मोरल ऑफ द वीडियो ये कि कितना भी सुना सकते हैं जल साह वो डिपेंड करता है अच्छे जज हैं तो अच्छा सुनाएंगे और थोड़े बहुत खड़ूस खड़ू है तो अपने हिसाब से सुनाएंगे ठीक है होता है ना अभी कोई फैमिन जज होता है कोई माइजो गिनिस्ट होता है भाई लड़कियों से चिढ़ता है आ गई फिर वो अपने हिसाब से करता है पर इसकी कोई लिमिट नहीं है वो कितना भी सुना सकते हो तो बहुत सारी लड़कियां को सोच रही हो क्या मिलता है तो भाई ऐसे मत सोचो कुछ भी हो सकता है आप अप्लाई करो अगर आप असली में विक्टिम हो उस चीज़ के अरवाइज़ गलत बेनिफिट ना उठाओ या देखो मैं भी बोलता हूँ लेकिन मत उठाया करो ओके सो आई होप इट इज़ क्लियर बाय